एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत बढ़िया है अगले मिनट में लगता है कि लाइफ बहुत ही बेकार है एक मिनट में लगता है सबके साथ रहना है अगले मिनट में अंदर से आता है सब गए भाड़ में सब छोड़ छाड़ के मैं चला जा। चली जाऊंगी एक मिनट में होता है ये करना है करना है करना है करना है फिर जब करना शुरू करते हैं अरे तो बेकार है इसमें कुछ नहीं है जैसे होता शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन देख रहे हो ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए जब आ गई तो उसकी तरफ कुत्ता भी नहीं देख रहा आप तो तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो अपने माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना एंटैंगल्ड हो जाओगे बुरे तरीके से स्पेशली अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो छोटी मोटी है तो माइंड में ही करनी पड़ेगी जैसे बाइक चला रहे हो स्कूटर चला रहे हो वट और एकदम से कोई सामने से आया तो उस वक्त पेपर पेन लेकर के नहीं बैठ जाओगे <laughs> क्या करूं तब तक तो हो जाएगा जो होना है उस वक्त तो इमीजिएट एक्ट करना पड़ेगा बट ये जो बड़े डिसीजन है शादी का डिसीजन डिवोर्स का डिसीजन करियर चूज करने का डिसीजन करियर को छोड़ने का डिसीजन ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं, छोटे नहीं हैं। तो इन डिसीजंस को माइंड में कभी सॉल्व करने की कोशिश मत करना तो कैसे करना है पेपर पेन ले करके माइंड मैपिंग करना सीखो ना तो माइंड मैपिंग करना सीखो माइंड मैप से क्या होता है लाइफ में सेंटर में कुछ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अकॉर्डिंग माइंड मैप बनता है तो लाइफ में आपको क्लैरिटी आती है तो जब आप ये करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका कॉज क्या है जो आप कह रहे हो कि अब मुझे हो गया ये, ये तो बहुत ही बढ़िया है कभी ऐसा लगता है कि तो बहुत ही बेकार है तो यह रियलाइजेशन क्या होता है तो इस रियलाइजेशन वर्ड को हटा दोझे रियलाइज हुआ उसके कॉज को समझो हो सकता है आपको कॉज मिले कि मैं इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बोर हो गई हूं हो सकता है कॉज मिले क्योंकि हमारी जो माइंड गेम्स खेलता रहता है आपके साथ तो पहले आपको कॉज को समझना है तो क्या फर्क पड़ता है इस मंत्र को पकड़ना सीखो लाइफ में बहुत काम आएगा जहां पर आपको कुछ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है शॉर्ट टर्म में मंत्र काम नहीं आएगा वैसे शॉर्ट टर्म में भी आ जाएगा काफी केसेस में पर लॉन्ग टर्म में मंत्र बहुत काम आता है कि क्या फर्क पड़ता है हम सब अपने थॉट्स के हिसाब से चलते हैं फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं जो हमें लगता है अपने बिलीफ उसके हिसाब से चलते हैं और सब कुछ ही लिमिटेड है हर जगह क्लाशेज हैं कॉन्फ्लिक्स हैं तो कोई भी परफेक्ट नहीं है सबको सब कुछ नहीं मिलता है भाग्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है एक स्टैंडपर्ड से देखोगे तो आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं है जैसे आपने अपने माँ बाप को चूज किया बहुत कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है जैसे पेरेंट्स हमने चूज नहीं किए हैं वो हमारा भाग्य है अब अपने पेरेंट्स के बारे में जैसे आप सोच रहे हो उसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है यह भी भाग्य है तो एक है पेन और प्लेजर एक है सुख और दुख आपका जो सुख है और दुख है वो काफी हद तक आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है मैंने काफी हद तक इसलिए लगा दिया बीच में क्योंकि वहां पर भी एक्सेप्शन है अगर मैं ये कह दूंगा कि पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है तो यह बकवास है आपका पति है पत्नी है वो बदतमीज है उसको ये नहीं पता रिस्पेक्ट क्या होती है तो अब सुखी कैसे रहोगे तो पूरी तरह से आपके हाथ में कहा है तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो भाग्य आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है आप यहां से बाहर जा रहे हो कोई आया और आ करके एक्सीडेंट हो गया आपकी कोई गलती नहीं है इसको आप भाग्य बोल सकते हो जो आपके हाथ में नहीं है जैसे कोई अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा कोई गरीब घर में पैदा हुआ यह क्या है भाग्य रिलेटेड टू वॉट पेन एंड प्लेजर जो अमीर घर में हुआ उसको हर तरह के प्लेजर्स मिलेंगे और जो गरीब घर में पैदा हुआ उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है वहां क्या है पेन है और प्लेजर कहाँ है जो एक वेल ऑफ घर में पैदा हुआ है वहां पे हर तरह का कंफर्ट है सब कुछ है जो चाहिए लेकिन उसके बाद भी वो जो बच्चा है जो गरीब घर में पैदा हुआ उसकी थिंकिंग ऐसी है कि वो लाइफ में आगे बढ़ता चला जा रहा है ग्रो करता चला जा रहा है सीखता चला जा रहा है और अपना रास्ता खुद बना रहा है और अपनी जिंदगी से खुश है दूसरी तरफ से वो जो अमीर घर में पैदा हुआ वो अपने बाप का सारा पैसा उड़ा रहा है बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है किसकी वजह से है उसकी थिंकिंग की वजह से दुख होता है thinking की वजह से दर्द होता है बॉडी की वजह से और हमारे सराउंडिंग्स की वजह से बीमारियों की वजह से सुख दुख होता है थिंकिंग की वजह से अभी आप सही सोचने लग जाओ सुखी हो जाओगे गलत सोचने लग जाओ दुखी हो जाओगे अभी सही और गलत क्या है वो भी आपको लग रहा है कि मैं सोच करके शादी कर रही हूं उसमें भी भाग्य का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप कब कहां किसको मिले और फिर मिल करके कब किसको किसकी आदत पड़ गई पता ही नहीं लगता है लाइफ ऐसी तो होती है फिर सही गलत समझ नहीं आता है जब दिल का मामला होता है या फिर अरेंज मैरिज हुई तो वो तो पूरी तरह से भाग्य हो गया क्या फर्क पड़ता है बस ये गोल्डन मंत्र को पकड़ लो कि कभी उसकी कुछ हरकते होंगी आपको गुस्सा आ जाएगा आप गुस्सा करोगे तो वो भी गुस्सा करेगा क्या फर्क पड़ता है चीख ट हो जाएगी क्या वर पड़ता है थोड़ा एक बार बर्तन वर्तन टूट जाएंगे क्या फर पड़ता है बर्तन और आ जाएंगे अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाओ मैं आपको सही बातें बता रहा हूं प्रैक्टिकल बातें थियोरटिकल बातें नहीं रियल लाइफ में बता रहा हूं क्या होता है लड़ाई झगड़ा ये वो थोड़ा बहुत कहा सुनी और जब बोलने पर आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं फालतू की एक्सपेक्टेशन से तो जड़ है सारी सारी प्रॉब्लम की मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है मेरी पत्नी ऐसी क्यों नहीं है रोज सुबह उठ करके मेरे माँ बाप के पैर क्यों नहीं छूती है अरे वो सुबह उठती नहीं है टाइम से <laughs> तो उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती है ना उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है तो कोशिश करो अगर किसी से शादी भी कर रहे हो अगर कर रहे हो तो करनी नहीं करनी आपकी मर्जी तो ऐसे इंसान से करो जो थोड़ा रियलिस्टिक सा हो प्रैक्टिकल सा हो जब थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे कुछ मीटिंग्स करोगे अगर अरेंज मैरिज है और लव मैरिज करोगे तब तो पता लग ही जाएगा दो चार छः महीने में पत्ते खुल ही जाते हैं एक दूसरे के तो कोशिश करो कोई ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो